यार बैक के साइड गिरेगा। गिरेगा गाइस देख सकते हो ये उधर। तो हाँ ठीक है हाथ जोबो। ला लाल इधर ला बोल बोल अरे हां ये ये देख सकते हो ये वाला कदी धरावें पूरा सोते भर दे बुजा आ ये लाल की ये देख अंदर आप लोग देख सकते हो तो ये काय के सापना काम हो गया चाकी जो फ्लाज की बोलते उसको तो। आओ बैठिए लोग बहुत काट रहा है बहुत काट रहा है चीची बहुत काट रहा है <laughs> बहुत बहुत है काट रहा है भाग <laughs> ये हमारा हो गया अभी जाइए अभी जाइए अमर प्रोजेक्ट की तरफ ये हमारा खाना हो गया ये वाला लो ये लोग देख सकते हो आप लोग बहुत खाना है भाई अनपوره फिर मी चाहिए दिखता बहुत खाओ भैया इधर आओ अभी इधर जाइए आगे की तरफ आगे की तरफ और एक रोटी दी ये वाला है ना बाहर चलो चलो हेलो देर था लोग मोरियो आज प्याज देखो यार से गुड़े चलो जाते हैं अभी को मारने ये है अभी देखो आ चुके हैं आधे दूर पे अब जाने वाले हैं ऊपर थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है वो ये ऐसा के ऊपर ऊपर जाने वाले हैं वो ये थोड़ा सा दिख रहा है देखो ऊपर जाने वाले यहां से आ रहे तुम अब तुम देख सकते हम तो, नीचे नीचे से जा रहे हैं का तो देखो ऊपर उधर है एक दो छोटा वाला है हम नक्शा का जमान लगे ना जी कुने जी मानता है हमारे हाँ। लोग जा रहे हैं ऊपर ये इस पर्वत को पार करके वो अगली पर्वत को जाएंगे हम क्या क्या और कितना दूर है गाय शाम लोग अभी थक गए हैं अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे इधर ये चटन के ऊपर ये जो बोलते हैं पत्थर गाइस दे, देख से आप लोग वो वो उधर जाएंगे लो। लो सब लोग थक गए इधर यहाँ से देख सकते हो तो नजारा कैसा दिख रहा है वो वाला <laughs> था था हम इधर जाएंगे देख लो नजारा कैसा तो है वो वाला इधर से हिराकुर दिखता है इधर से <laughs> मुर्ची ये, तो ये, ये जो हम बोल रहे थे ये वाला लाल चीटी है बहुत है बहुत बहुत चावड़ा है ये चिट्ठी